तो हेलो गाइस कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छा रहा आगे ही बढ़े रहने वाला है तो गाइस मुझे पता है मैं दो दिन से ठीक ठाक वीडियो अपलोड नहीं दे रहा था गाइस तो देखो इसके पीछे एक रीजन था रीजन यही है मैं एक तगड़ा कॉन्फिग फाइल मैं ढूंढ रहा था आप लोगों के लिए तो देखो आज का जो कॉन्टीफाइल होने वाला है ना ये मैंने खुद खरीदा है वो भी एफ वाले उन लोगों से क्योंकि आज का कॉन्टिक फाइल आपके डिवाइस में टू वर्किंग होने वाला है और मेन आई के लिए होने वाला है मतलब आप इसको भरोसा कर सकते हो मैं कोई भी उल्टा बेल्टा कॉन्टीफाइल आप लोगों के लिए नहीं ले आता और इसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मैं आपको पहले बोल रहा हूँ प्रॉब्लम और कुछ नहीं मतलब आपका जो गेम का रिक्वल रहता है ना वो रिक्वेल अपना नॉर्मल रहेगा मतलब कॉन्फ़िग सेट करने के बाद भी आपका रिक्वेल देने वाला है ये छोड़ के हंड्रेड परसेंट हेडसॉट लगने वाला है फोर्टी फाइव अगर आप ड्रग करोगे 45 क्या मैं क्या करूँ 90% एक एक थोड़ा सा ड्रक करोगे सिंपली तभी आपका हेडशॉट लगने वाला है और एक बात हर एक बंदे का प्रॉब्लम होता है एक ही बात तो आज मैं एकदम को सामने क्लियर कर देता हूँ बात और कुछ नहीं मतलब सारे बंदे पूछते हैं ये कौन से कौन से डिवाइस में वर्किंग होने वाले तो देखो हर एक कॉन्फ्ट के अंदर हर एक कोडिंग के अंदर डिवाइस का नाम रहता है पर आज का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना इसके अंदर ऑटो कोडिंग ऑटो डिवाइस नाम है मतलब आप जो भी डिवाइस खेलोगे आपका डिवाइस का नाम ऑटोमेटिक इस डाल दिया जाएगा अब जो भी डिवाइस में आप इसको डाउनलोड करके उसी डिवाइस का नाम तभी तुरंत उस कॉन्विकल के अंदर चला जाएगा मतलब आपके डिवाइस में 100% वर्किंग होने वाला है अगर आप वीडियो इतना तक देख चुके होंगे तो मैं आपको एक छोटा सा बात कह लेता हूँ देखो इस अभी के टाइम पे मेरा बहुत वीडियो डाउन चल रहा है व्यूज बहुत ही डाउन चल रहा है पर चिंता मत करोग इस, इसके वजह से मैं दुख नहीं हूँ क्योंकि मेरा जल्दी टेन होने वाला है जब भी मेरा टेन हो जाएगा तभी लाइफ स्ट्रीम करने वाला हूँ इसलिए सब बंदे कमेंट कर देना जो कौन से गेम के ऊपर फर्स्ट लाइव स्ट्रीम मैं करूँ तो सबसे पहले आपको मेरा फाइल एक्सपोर्ट कर लेना पासवर्ड वीडियो में पूरा वीडियो वाइन तक देखो तो इसके अंदर देखो एक फोर है इसके अंदर देखो, देखो कोडिंग है तो आपको इस बैक आने के इसको सिंपली कॉपी करना है कॉपी करना कट मत करना फिर आपको डिवाइस मैपर चले जाना है फिर आपको कुछ नहीं करना है एंड्रॉड फिर डेटा पे और अभी आपको जो खेलते हो जैसे मैक्स खेलते हो फिर फाइल्स के अंदर फिर कंपलसरी कंपल कैच एंड्रॉयड गेम्स बैंडल और यही पे आपको सिम्पली पेस्ट कर देना यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए आपका काम ख़त्म